स्वर्गीय ललित प्रसाद जायसवाल स्मृति राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मुकाबले में विन्द क्रिकेट अकादमी सरई ने अनपरा को हराकर कर चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया अनपरा की टीम ने पंचानबे रन का टारगेट दिया था जिसका पीछा करते हुए सरई की टीम ने तेरह ओवर पांच बॉल में पिंचानवे रन बनाकर अनपरा को हरा दिया। शुभारंभ सरई तहसील अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दोहानी विधायक कुंवर सिंह टेकाम विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमरन गुप्त जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह मौजूद रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद सरे की अध्यक्ष अनुराधा सिंह ने की